so welcome back to our channel सो so today's video is all about uh, homemade almond hair oil it's very very very simple आप घर पर किस तरीके से बना सकते हो सब कुछ मैं बहुत ईजी तरीके से मैं दिखाने वाली हूँ और बहुत ही simple है so let's start our video first तो बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स लेने वाली हूँ फ़र्स्ट मैं ले रही हूँ कोकोनट ऑयल सो आई एम यूजिंग हियर पैसुड कोकोनट ऑयल सो आपके पास ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल जो जो कुछ भी कोकोनट ऑयल है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो और आप लेनी है बस वन कप वन कप कोकोनट ऑयल लेनी है तो सेकंड इन्ग्रीडियंट ले रही हूँ मैं आलमंड्स जैसा वन कप के ऑयल के हिसाब से सिक्स आलमंडस ले रही हूँ मैं इस को इस तरीके से हम लोग को पीसेस करनी है छोटे छोटे पीसेस करनी है आपको चाहिए तो आप आलमंड पाउडर भी यूज़ कर सकते हो इस ऑयल में मैं तो बस प्योर ऑलमंड्स लेके उसको पीसेस कर लेके इस ऑयल में डाल रही हूँ जैसा हम लोग ले रहे हैं वन कप कोकोनट ऑयल और उसमें छ मीन सिक्स ऑलमंड्स डाल रही हूँ इस तरीके से पीसेस करके और इस ऑयल को मैं हीट कर रही हूँ जिस तरीके से ऑलमंड्स में जो भी ऑयल है वो सब कुछ कोकोनट ऑल में उतर जाए इस तरीके से हीट करनी है और इसके बाद हमको फिल्टर करनी है ऑयल को सो so, इस ऑलमंड ऑयल ने सिर्फ आपके हेयर फॉल ही नहीं आपके स्प्लीटेंस कंट्रोल करेगी और आपके फ्रीजी हेयर को कंट्रोल करेगा जैसे कि आपको सिल्की स्मूथी हेयर मिलेगी और इसके साथ के साथ हंड्रेड हेयर फॉल रुक जाएगी हाँ पता है मार्केट में तो बहुत सारे ऑलमंड ऑयल्स अवेलेबल है जैसा कि बहुत सारे ब्रांड्स बट वी नीड प्योरिटी राइट ब्रांड इज़ जस्ट ए नेम ब्रांड के हिसाब से आप आ, मत जाइए बस आ, आप प्योर आपको घर में अवेलेबल है सारे इंग्रेडिएंट्स इस तरीके से बना सकते हो और एक इंग्रेडिएंट है जैसा कि वाइटामिन ई कैप्सल्स बहुत इजीली अवेलेबल है सो वन कप ऑफ ऑयल मैं मैं ले रही हूँ बस टू विटामिन ई कैप्सल्स सो इस ऑयल को थोड़ी सी वार्म अप्लाई करनी है जैसा कि गर्मा गर्म अप्लाई मत करो बस थोड़ी सी गर्म अप्लाई करनी है आपके स्काल पर लेंथ पर जहा भी आपको अप्लाई करनी है बस अप्लाई करके बस थोड़ी सी देर तक ऐसी इस तरीके से मसाज करनी है सो so, इस तरीके से करने से आपके ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से होगा और 100% हेयर फॉल रुकेगा सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कब अप्लाई करनी, करनी, okay. so, करनी है जैसा कि ओवर नाइट छोड़नी है और बिफोर शैम्पू अप्लाई करनी है बस आप बिफ़ोर शैम्पू ही अप्लाई करना ऑयल ओके सो कितने देर तक लीव करनी है जैसा कि मिनिमम वन आवर वेट करनी है क्योंकि आपके हेयर स्कैल पर अच्छी तरीके से अब होना चाहिए ना तो बस वन आवर वेट करनी है और उसके बाद शैम्पू करनी है नॉर्मल आपके शैम्पू जो भी शैम्पू यूज़ कर रहे हैं और इसके बाद आप देख सकते हो शाइनी और बहुत ही स्मूथ हेयर आप पा सकते हो <laughs> बस ये मेरा एक्सपीरियंस है जैसे कि बिफोर यूजिंग दिस हेयर ऑयल यू कैन सी द हेयरफॉल बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल है इसके बाद होम मेड ऑलमंड ऑयल अप्लाई करना स्टार्ट करके बस टू वीक्स और टू वीक्स के बाद आप बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट देख सकते हो यू कैन सी द रिज़ल्ट इट्स अमेजिंग सो एक और टिप देने वाली हूँ जैसा कि डोंट स्टिक विथ योर हेयर ऑयल्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रांड्स आई एम टॉकिंग अबाउट योर हेयर ऑयल्स वॉट यू आर यूजिंग keep on changing your hair oils it gives some um, 100% result to your hair so keep on change um your hair oils it's very very very best so thank you so much for watching if you like my video like zarur karna share zarur karna friends ke sath subscribe karna bhulna mat thank you so much bye, -bye. bye, -bye.